भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा दो दिवसीय विंध्य दौरे पर हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन ने बूथ स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। साथ ही संगठन हर जिले की समीक्षा भी कर रहा है वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल के दिए गए झंडा घोटाले के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बचते नजर आए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा अपने दो दिवसीय विंध्य दौरे पर रीवा पहुंचे इस दौरान 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर शर्मा ने कहा कि पार्टी संगठन अभी से बूथ स्तर पर काम कर रहा है जिसके लिए वह लगातार हर जिले की एक एक करके बैठक भी ले रहे हैं और आने वाले चुनाव में मजबूती के साथ पार्टी मैदान में होगी वही उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव में महापौर पद पर मिली हार को लेकर भी समीक्षा करके बेहतर करने की बात कही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि संगठन के द्वारा हमेशा ही हर विषय पर समीक्षा की जाती है तथा पार्टी संगठन गलतियों से सीख भी लेता है भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी सम्मानी जनप्रतिनिधि चाहे माननीय सांसद विधायक और नीचे तक हम तो पंच सरपंच और जनपद और जिला पंचायत में ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीत करके आए तो ग्राम सरकार नगर सरकारों में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो जीत करके आए उनका प्रशिक्षण और अच्छे से अच्छा काम करे ये भी हम प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल हमने उसकी समीक्षा की है 2023 में कहीं मैंने कहा ना कहीं अगर चूक हुई है तो ना की जीत हो या हार हो हम सामूहिक नेतृत्व पर काम करते हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने पार्टी की अनुशासनहीनता को लेकर भी अपनी बात रखी उन्होंने कहा पार्टी में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी वही पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल के द्वारा झंडा घोटाला को लेकर दिए गए बयान से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा बचते हुए नजर आए मेरा ऐसा मानना है कि अनुशासन के मामले में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अगर कहीं इस प्रकार के अनुशासन को तोड़ने का काम किसी ने किया है तो हमने उनको तत्काल जहां कहने की जरूरत है वह कहा है और जब ऐसा लगता है कि ठीक नहीं हो रहा है तो फिर ठीक भी किया जाता है इसे ऐसा नहीं है कोई तो भी पदाधिकारी कोई तो भी जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी पद्धति से काम करती है